ओ भाजी फटाफट कराओ हो माठू माठू ने लगा तो हाय हाय ओए भूमि अच्छा ये तो भूमि भी आई है यार ये ये भी सारी है गोबर तो हेलो गाइस वेलकम टू तो माय यूट्यूब चैनल तो कैसे हैं आप आई होप आप लोग ठीक ही होंगे तो और आप लोग मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और तो आज एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग के साथ मैं आ चुका हूं फिर से और अभी आज का काम है मेरा ब्लॉग आज का जो ब्लॉग है उसका टाइटल होगा गोबर घर में सारा आज गोबर बहुत सारा क्योंकि आज सार रहे हम गोबर और गोबर इसलिए सार रहे हैं क्योंकि जो पेड़ों होते हैं पेड़ के चारों ओर हमने मैंने बनाए थे थाव अब थाव क्या होते हैं थाव जो होते हैं पेड़ के चारों ओर गड्ढा जैसा बनाया जाता है खोदा जाता है और जो पेड़ के चारों ओर जितनी भी सारी खरपतवार होती है उस खरपतवार को हटाया जाता है ताकि जो पेड़ है वो ग्रोथ कर सके और हमें अच्छा फल दे सके अब थों बनाने से तो कुछ होता नहीं है क्योंकि होता है ना कि बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं तो उसे भी बहुत सारे मिनरल्स चाहिए तो अभी हमने गोबर चाहिए जिसे हम परसू कहते हैं और गुबर करने गोबर पहाड़ में गुबर कने और हिंदी में हम करें परसू तो परसू ला रहे हैं मैं ला रहा हूँ परसू भाभी लोग के वहाँ से तो भाभी लोग और मम्मी और भाभी तो वहाँ परसू कट्टे में ऐसे तो ये देखो तो ये देख ही होंगे आप तो ये कट्टा तो ऐसे कट्टों में भर रखा है परसू तो ऐसे कट्टों में परसू भर के मैं ला रहा हूं यहाँ भाभी लोग के वहाँ से अपने बगीचे में और तो उन बगीचों में थों के ऊपर डाला जा रहा है उसके बाद अब परसों से भी कुछ नहीं होता क्योंकि पानी भी चाहिए पौधों को मिनरल्स चाहिए बहुत सारा और पानी भी चाहिए क्योंकि वो करते हैं प्रकाशन श्लेषण तो यही है और तो ये अभी मुझे सर्दी भी लग चुकी है क्योंकि गाइस मौसम परिवर्तन हो रहा है ठंडों के दिन आ चुके हैं और टेम्परेचर भी कम और ज़्यादा होता है तो इस वजह तो से सर्दी लग चुकी है बट कोई नहीं ऐसा तो होता रहता है लाइफ में और तो हम आगे बढ़ते रहते हैं और आपको दिखाते हैं कि गोबर कैसे भर रहे हैं और लाना दिखाना आपको सारा दिखाते हैं और तो तब तक के लिए बने रखिए और इन्जॉय करिए इस ब्लॉग को तो हो भाजी फटाफट कराओ माठू तो। माठू ने लगा हाय हाय ओए भूमि अच्छा ये तो भूमि भी आई है यार ये ये भी सारी है गोबर अभी सारा हूँ मैं परसों और परसू सार अपन घर और बहुत जोर घर बे योछ भोज और घर और योछ मैं और मैं तो पूरा वहाँ से भारी लोग के वहाँ से लाने तक का यहाँ लाने तक का बुरी हालत डाउन हो जा रही है क्योंकि कट्टा है सर में भारी कट्टा गोबर हल्का भी नहीं होता है और भारी होता है तो अभी इसे लौटाते हैं <laughs> कैसी बात रखे जाने यहाँ से याद रखें हाँ तो खुल चुका है कट्टा यहाँ पे और ये लौटाना पड़ेगा हमें इतना सारा गोबर है मेरे पैर भी पैरों में भी चले गया है तो ये हैं गाइज देखो ये बनाए थे मैं बोल रहा था आपको थॉव तो ये होते हैं था देखो अह इतना सारा तो ये तो बंजर है बट जो ये ये है यहाँ पे पेड़ के यहाँ पे पेड़ के चारों ओर तो ऐसे गोल करके एक घेरा जैसा बनाया जाता है जिसमें पूरे जो भी घास होती है खरपतवार होता है उसे हटाया जाता है तो उसे थों बोलते हैं तो देखो इतने सारे अभी ये पूरा यहाँ से और ऊपर तक का पूरा बगीचे में ऐसे ही ना रखें तो यहाँ सब बना के ये अब यहाँ गोबर डालना है तो गोबर मिक्स करेंगे थौ में फिर उसके बाद डालेंगे इनमें पानी तो तब ही ये जो पौधा होगा तो अच्छा फल देगा हमें तो चलो अभी चलते हैं दूसरे घाट पर तो गाइज ये तीसरी चौहत्ी घात है गोबर की और देखो इतना पूरा पूरा कट्टा है तो ये पूरा लौटाना है ये ओह अभी तो थो में भी चले गया है बट कोई नहीं ये देखो और ऐसे ऐसे ही हमने एक उधर उधर उधर रख दिया है एक गोबर का कट्टा एक उधर गोबर का कट्टा निकाला और एक निकाला उधर गोबर का कट्टा और तो एक ये है अभी एक वहाँ रखेंगे बाकी तो ऊपर ऊपर रखेंगे रखते जाएंगे तो और अभी इतनी सारी घाट सार चुका हूँ तो थक चुका हूँ मैं भी तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं इसी के साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए देखते रहिए हँसते रहिए मुस्कराते रहिए